चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दिल मिया जो उनका स रह गया मैं जो कभी कहना सका आज कहता हूँ पहली दफा दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा ये इश्क की है साजिश लोअ मिले हम दोबारा दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा पहली नजर से यार हो फिरा मुसाफिर मुसाफे कहीं ठहरे ना मेरे फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे हो र्फ राशाम मुसाफिर पाँव कहीं ठहरे ना मेरे फिर मेरी आवारगी को आने लगे ख्वाब तेरे ये प्यार भी क्या क्या है कोई होना ना चाहे दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से ही यारा। दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से ही यारा। दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा। ये इश्क़ की है साजिश आ मिले हम दोबारा दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो में आए तो मुझे सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगता